चैलेंज आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे आपको फोटो में बंदर पांडा और शेर के चेहरे दिखाई दे रहे हैं इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए दस ऑप्शन बी नौ ऑप्शन सी छः या ऑप्शन डी सात आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए सही उत्तर देने वाले लोगों का नाम हम अगली वीडियो में दिखाएंगे जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है इसका जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा